में कैसे पुश में अंधेरे में डाला बनके अंधेरा अपना खाया से ना खाया नोच के किसका कि छोकरे सारे घूमे एकदम बेफिकर एक जा फिर कौन गाची है खुद की इज्जत तैयारी है तो दूसरों को फिकार वरना जिल्लत देंगे पूरी जिंदगी रहेंगे इंडिया बोले तो हिंदुस्तान वन फाइव डू फाइव सीधा खबर मत थी ऐसी सतरा तक पहचान आप क्या बोलते ले बहुत बनी इनको लग रहा रहे अगले लग रही आप थड़ी से पहचान है अब भाई भाई खल्ला में बिंदू अपने लिए लड़े तो हम बुरे हो गए यार अपने लिए लड़े तो हम बुरे हो गए या तो नींद पूरी हो गई या तो खाप पूरे हो गए आ, सच्ची बात बता रहा कौन है गरीब का सहारा दस हजार डिपोजिट दो हजार बढ़ना अभी किधर नहीं है अब लोगों में, बने लाला, में फिकर नहीं है इसलिए जिंदगी में फिकर नहीं है क्या बोलते हैं